तो तो कितना अच्छा स्पिन कर लेती तुझे हाँ बिल्कुल बस मतलब एक बार ठान लें पर हाँ, मुझे भूल मत जाना मैं मैं कैसे सकती तू तो तो मेरी बेस्ट है यार आज मानसी से नीचे बात कर रही थी तो उसने मुझे एकदम ब्रिलियंट आइडिया दिया क्या आइडिया उसने बोला मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए उसमें फेमस भी बन जाऊंगी और पैसा भी कमा पाऊंगी फेमस और तू <laughs> देख भाई। होता है, तो है तेरे को तो बुरा लगेगा ही मैं क्या कर सकती हूँ उस बात का बात भी नहीं करती थी मम्मा मम्मा हाँ बेटा? मम्मा बेटा मानसिया खेल रही थी तो उसने मुझे एक एक दिया कि मुझे YouTube चैनल खोलना चाहिए लेकिन जब मैंने यही आइडिया उसके लिए खूबसूरती चाहिए होती है और मैं तो मोटी हूँ कोई भी नहीं फॉलो करेगी अरे बेटा आयु को छोड़ो तुम्हारा जो मन करता है वो करो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और पता है बेटा कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है तुम जरूर एक दिन कामयाब होगी और फेमस भी होगी आप एकदम सही बोल रहे हो अब मैं आई बात नहीं सुनूँगी मैं काम करती हूँ मैं अभी से ही अपने नए चैनल की वीडियो बनाती हूँ हेलो दोस्तों मैं हूँ अनु और आज मेरे पहला चैनल का वीडियो है तो इसमें मैं आपको सिखाने वाली की इस बॉल को कैसे अपने वन फिंगर पर रोल करते हैं ये देखो कि मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छा होता है मैं बेटर बनने के लिए क्या करना होगा प्रैक्टिस करनी नए वीडियो वीडियो में तब तक आप मेरे को करो, को लाइक शेयर करो करो। और और चैनल सब्सक्राइब बाय। अब मैं एडिट कर कर फिर अपलोड क्या रही अरे अच्छा तो आ गया मैं भी भी अपना वीडियो अपलोड करी थी। मैंने नया खोल दिया और नहीं मैं नहीं शेयर करूंगी मेरी बेजती हो जाएगी देख मैंने तो अपने व्यूज तो तो तो दे दिए कि टाइम वेस्ट मर्जी है मैं तो चलिए <laughs> तो। मैंने कल वीडियो अपलोड किया था कितने डिसलाइक्स और कमेंट में इतनी मोटी मोटी मोटी है, है बढ़िया बढ़िया की वीडियो बनाने, इस मोटी को बोल कैसे आ गया। गधी। एक तो अच्छे कमेंट। आ? इतने सारे बुरे कमेंट्स है लगता है ये सही बोल रही थी सिर्फ सुंदर लोग और अच्छे दिखने लोग वीडियो बना सकते हैं मोटे लोग नहीं मम्मा मम्मा मम्मा क्या क्या हुआ क्या हुआ बेटा आपको पता है वीडियो मैंने अपलोड किया था मैंने देखा उसको कि बहुत सारे डिसलाइक्स आए और साथ साथ इतने सारे बुरे कमेंट्स कि मैं मोटी हूँ मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए लगता है आयु सही कह रहे थे एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए खूबसूरत होना भी जरूरी है बेटा तुम सिर्फ बुरे कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हो अच्छे कमेंट्स तो तुमने देखा ही नहीं ये दे देखो कितने सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं अरे वाह अनु तुम बहुत टैलेंटेड हो तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो आपने ये सब तो देखा ही नहीं देखो बेटा हेटर्स तो आपको सब जगह मिलेंगे लेकिन आपके सपोर्टर्स भी तो हैं आपको कितने लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं आप हेटर्स पर क्यों ध्यान दे रहे हो आप सपोर्टर्स की सोचो जो आपका वीडियो देखना चाहते हैं आप उनके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ और हाँ खुद को डीमोटिवेट कभी मत करो बेटा आप हाँ एकदम सही कह रहे हो अब मैं ना अपने सपोर्टर्स के लिए वीडियो वीडियो बनाऊंगी मैं अभी बनाती तो अपलोड hey नाम है अन्नू और आज इस चैनल का पहला आ रहा है तो इसमें मैं आपको बता एक नहीं होगा अब जब मेरा हो हो जाएगा जाएगा पैसा आने लगेगा ना तब मैं खुद <laughs> भी हो जाएगा। तो तो तेरे तेरे तो तो भी उससे इसे माना कि तू मोटी अच्छी ले सकती है।, है उसमें ना टॉप प्राइजेस में आपकल, One Plus, iPhone, Dof, के लिए इतना ही करो, भी है। है? तो नहीं करोड़ तो worth अरे यारेन मुझे अरे पढ़ाई भी नहीं करती है बट टेंशन मत ले। लेट्यूड टेस्ट है ना उसमें तो पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है बस एनरोल करो और अटैम्प करो वैसे एनरोल करने से एक और अच्छी चीज होती है मैं जो मैंने को तभी बताऊंगी जब तुम्हारे साथ चेक करेगी तू ये शेयर करना बता जल्दी से एनरोल कर देखो मेरे जैसे बॉक्स और सरप्राइज जिसमें रहता है एली गुडीज ये सेवन लकी एनरोल्स कमेंट में कर रोज अरे वाह वा, वीडियो बाद में बनाते पहले तू पता कि एनरोल कैसे करते मुझे चांस मिस नहीं करना अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना यूज कर कोड क्विज एंड मैं तो कर भी लिया तू भी कर ले चल अभी अभी फोन मिल रहा है मैं जाती हूं और तू अपना फोन का एनरोलमेंट कर लेना हां एनरोल हो गया गाइस याद रखिए सिर्फ लिबर्टी इज अवेलेबल है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और एनरोल कीजिए क्या पता आप स्पेशल सरप्राइज बॉक्स को जीत सकते हो अनाकाडमी का हां इतने सारे बुरे कमेंट्स यार मोटी भैंस चुड़ैल दयान मोटी वीडियो मत बना इतने सारे बुरे मेरा मुझे आपका वीडियो पसंद है मैं गिव अप नहीं करूंगी मम्मा ने बोला है कि मैं एक दिन सक्सेसफुल बनूंगी और मुझे उनके लिए वीडियो बनाना चाहिए जो लोग मुझे पसंद करते चाहते हैं वीडियो मैं गिव अप नहीं करूंगी मैं वीडियो बनाती रहूंगी मैं <laughs> इतनी भी मोटी नहीं हूं नहीं, नहीं नहीं मैं गिव अप नहीं कर सकती मम्मा बोलती है मैं स्ट्रांग रहूंगी काम करती है और उसके देखते हैं अरे टनके हो गए मुझे उसको भी था तो कुछ 950 सब्सक्राइबर्स थे। नहीं पूरे हो गए मेरे अभी चेक किया। अरे बहुत खुश आने है। यार ये सब तेरे होते ही है। मदद करने के लिए लेकिन हमें भूलना मत मुझे भूल मत जाना अरे तो मैं तुम कैसे भूल सकती हूँ तू और आज बाजी कर मैं साथ उसको अपलोड तो करना ही होगा ना मैं और मैं इतने अच्छे दोस्तों तेरे बजे से जल्दी बाय हाय अरे थी इतने सारे अच्छे तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है अगर आइडिया तो देंगी तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया चल अभी हम दोनों साथ में वीडियो बनाते हैं। रुचान चालू हो तो, चाल चाल चाल तो बताना पड़ेगा ना फ्रेंड्स को। गाइस, हाँ? hey मेरा नाम है अनु और आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको एकदम मेरे खास दोस्तों मिला जा रही हूँ ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड मानसी इसी की वजह से हमारा चैनल पॉसिबल हुआ है ना हो रहा है अरे ऐसा मतबू बहुत ही अच्छी है तो आज की खुशी की बात क्या है आज फाइनली हमारे टेन के सब्सक्राइबर हो हाँ। गए हैं टेन की जितनी बड़ी फैमिली हम तो बहुत खुश है तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको YouTube पे देखता हूँ और मैं ना आपके साथ बॉल भी स्पिन करने लग गया हूँ अरे वाह! आप मेरे पहले फैन हो हाँ बेटा मेरा बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है क्या तुम सेल्फी पिका चाहोगी क्या है Congratulations. Thank you, मैंने कहा था ना ना तुम कर लोगी देखो तुम्हारे 100 के हो गए तो आज मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक भी लाई है तक मैं पहुँच पाई मानसी तुमने आगे दिया ही नहीं हो तो और मम्मा आप तो मुझे हमेशा सपोर्ट ही करते थे लेकिन साथ साथ जब मैं डीमोटिवेटेड होती थी कर कि कि को बुरे आप मुझे मोटिवेटे आप मुझे मोटिवेटेड रखते थे कि नहीं, नहीं बेटा ये सब तुम्हारे टैलेंट देखो मैं तुम्हारे लिए मम्मा आयु कहा तो मैंने बोला था बेटा आ गई अब मेरा बट मैंने डिमोटिवेट किया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया पर अनु मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि खुछूर्ती खुछूर्ती की रोह की खूबसूरती भारत की खूबसूरती नहीं बल्कि उनके अंदर की खूबसूरती देखी जाती है और उनका टैलेंट देखा जाता है तो है। तो तो तो बहुत टैलेंटेड है है आज 100 के सब्सक्राइबर तक तक पहुंच पहुंच इस पे ऐसे ही चलती तो एक एक मिलियन भी जाएगी थैंक यू इट्स ओके बहन में होती देखो ते प्रॉमिस करना होगा। क्या? कि चलती है तो उनको हमको वन मिनट तक पहुंच जाएगी थैंक यू वेलकम। अब चलो केक काटते हैं